दन इंटरेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टेक्की जल्दी बैल बटन क्लिक में बताता हूँ एस एच एस ई सी काउंसिले लोग आसानी से निकल सकते हैं तो कैसे है कहाँ से निकालेंगे सब तो लोग को आसानी से रूटीन मिल जाएगी तो के सामने मेरा बेटे यहाँ तक देखिए तो, तो, तो रूटीन कहाँ है और कैसे मिलती है तो देख लीजिए रूटीन सब लोग कह के जाएगा तो देख लीजिए कोई भी ब्राउजर में यूसी ब्राउजर को अब लोग मोबाइल की जो स्मार्टफोन में तो ब्राउजर में खुल सकते हैं तो रोटी आसानी से निकल सकते तो, तो देखिए मैं यूसी ब्राउजर में खुल खुलती हूँ देखिए क्या चार्ज करना पहला नंबर में आप्रें आप्रें आप्रें आप्रें आप्रें। आप लोगों को गूगल कीजिए हाँ अभी मेरा गूगल ऑन हो गया तो मैं चार्ज करती हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉटी डॉट एन आई सी डॉट इन द्वारा देखिए आप लोग का जो कोई ऐसे ऑनलाइन यूज फास्ट एग फॉर्म फिलअप कर सकते अभी तक तो जो एग्ज़ाम देखिए किस जो हुई मेरा टीस एडमिशन फ्रांसेस सिलेबस रिजल्ट डाउनलोड तो फॉर्म एक जो एग्जाम प्रोग्राम है जो एग्ज़ाम प्रोग्राम की, कीजिए तो आसानी से आप लोग को रूटीन आ जाएगी तो यहाँ देखिए टू का रूटीन अभी तक नहीं आया है तो इसे जो दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा तो ऑसन से आप लोग रूटीन मिल जाएंगे तो ऐसा हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल हम उसमें तो आप लोग यहाँ से रूटीन मिलेंगे जरूर मिलेंगे तो यहाँ आप लोग डाउनलोड कर सकते तो आप लोग एक रूटीन में दिखा देती हूँ फर्स्ट ईयर एस एस फाइनल यह मैं डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देखिए बारह जीओपन का जो पी है पी डी एफ डाउनलोड कीजिए डाउनलोड बोलेंगे हाँ डाउनलोड हो गई है तो आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाती हूँ हाँ देखिए तो रूटीन खुल गई है तो ये तो 18 का है 2018 तो का रूटीन है तो आप लोग 2019 19 का अभी यहाँ भी, यहा भी आएंगे जब रूटीन आप लोग बहुत से करेंगे तो आप लोग या डाउनलोड कर सकते तो देखिए रूटीन है ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। असल हायर सेकेंडरी एडुकेशन सर तब ऐसे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज भी इतनी वीडियो इतनी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए आप थैंक यू शेयर कीजिए ताकि आपने वाले वीडियो को लोग मिलते रहेंगे सब्सक्राइब कीजिए आप लोग इसी तरह वीडियो मिलेंगे हर रोज रोज़ एक वीडियो मिलते भी रहेंगे इसीलिए आप